गीता के हत्यारे को फांसी दो फांसी दो फांसी दो गीता के हत्यारे को फांसी दो फांसी दो फांसी दो साइड तो पूरी वीडियो बनाना लंबी बनाई है अंकिता के हत्यारों को हाँ. सारी शोध है शर्मिंदा है मेन चौ कोई तो, दो परसी दो, परसी दो। ना ना फासी, दो। फासी दो। फासी दो, फासी, दो।, फासी दो।, दो फासी दो फासी दो भंडारे के तारे को फासी दो फासी दो फासी दो काला पड़वा काला फासी दो कितना भंडारे के तारे को फासी दो फासी दो फासी दो पुलिस प्रशासन हाय हाय हाय हाय सब लोग हैंनी पकड़े एक बार कुछ ऐसा होगा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 सरकार सरकार कितना हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, है, है。कितना हम शर्मिंदा है तेरे तेरे कातिल कातिल जिंदा जिंदा है, है, है, हम दोषियों को बचाना बंद करो बंद बंद करो, करो, राज्य सरकार सरकार हॉस में है हॉस में है हॉस में है किस पक्ष से हॉस में है हॉस में है इधर बंदरी के तरफ को फांसी दो फांसी दो फांसी दो इधर बंदरी के तरफ को फांसी दो फांसी दो फांसी दो इस पर फोकस करते हैं काला पड़ रहा है काला इस पर फोकस करते हैं कैमरे के साथ फोटो खींचो सब लोग कैमरे के साथ आ जा� और जिंदा है तेरे का हम शर्मिंदा है मेरे कातुलंदा है दोषियों को बचाना बंद करो बंद करो बंद करो राज्य राज्य सरकार हो हो हो सरकार होश होश होश होश होश में में में में में को फांसी दो फांसी दो फांसी दो तरह को फांसी दो फांसी दो फांसी दो हजारों को फांसी दो फांसी दो, फांसी दो फांसी दो फांसी दो जल्दी बड़वा redo party ka